जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होने लगता है तो हम लोग चार्जर को ढूंढने भागते हैं लेकिन तब क्या हो जब आपको चार्जर जो कि सिर्फ आवाज के थ्रू आपका मोबाइल चार्ज हो सकेगा इसे साउंड चार्जिंग डिवाइस कहा जा रहा है सबसे पहले आपके साउंड को इकट्ठा करेगा और उन एनवायरमेंटल वाइब्रेशन को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा फिर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल को चार्ज किया जाएगा अब सुनने में यह अविश्वसनीय लग रहा है लेकिन एक्चुअली इस पे काम चल रहा है गाइस, आपको टेक्निकल फैक्ट्स और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए share,